शुक्ल पक्ष की जो तिथि रहेगी दर्शकों आज द्वादशी तिथि रहेगी और परिधावी नामक सभन चल रहा सूर्योदय होगा प्रातः छह बजकर सात मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर चालीस मिनट पर सूर्योदय सूर्यास्त राहु का काली जितनी भी पंचांग की गणनाएं हैं लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है दर्शकों नक्षत्र रहेगा शतभिशा राहु का नक्षत्र इसके उपरांत पूर्व भाद्रपथ नक्षत्र रहेगा तिथि जो है हमने आपको बता दिया कि शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी द्वादशी तिथि को जो होता है इसको नहीं खाना चाहिए और जो लाल मसूर होती है इसका सेवन नहीं करना कि शास्त्रों में हमारे मनाही है। दर्शकों योग रहेगा गंड दो बजकर चालीस मिनट तक की इसके उपरांत वृद्धि योग रहेगा गुरुवार दिन रहेगा करण रहेगा यह कौलव करण रहेगा चंद्रदेव कुंभ राशि में चलायमान रहेंगे सूर्य राशि जो रहेगी ये कन्या राशि रहेगी और सूर्यकालीन नक्षत्र जो रहेगा ये हस्त नक्षत्र रहेगा दर्शकों आज राहुकाल से हम नहीं शुरू करेंगे आज हम अमृत काल से शुरू करेंगे तो शाम छह मिनट से सात मिनट का समय काफी अच्छा रहेगा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 चीजों को अवॉइड करिएगा कि इस कार्य में आप लोग जो है चीजों को मत करें इस समय में कोई शुभ चीजों को मत करें पूरे दिन आज कलचल भी रहेगा तबीयकों को देखिए तो काफी कुछ जो है स्थितियाँ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 मेष राशि के जातकों आज आपका दिन काफ़ी अच्छा रहेगा मेष राशि के जातकों जो लोग पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आज उनको आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा दूसरों की भावनाओं का आज आपको सम्मान करना पड़ेगा मित्रों की सलाह आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी परिवार में आज हंसी खुशी का वातावरण रहेगा किसी नए मेहमान का आगमन आज आपके परिवार में हो सकता है आज प्रेम संबंधी मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी लेकिन प्रेम के मामलों में आज आपको गोपनीयता बनाए रखनी पड़ेगी व्यापार में अच्छा लाभ होने से आज, आज आपका मन बड़ा प्रफुल्लित प्रसन्न रहेगा क्या चाहिए घी तो का दीपन चलाइए नाम का आप लोग पाठ करिए आज के दिन सब कुछ मंगल होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम वृषभ राशि आज आपका दिन आपके फेवर में रहेगा वृषभ राशि के जातक हैं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 धन लाभ के नए आयाम आज नजर आते हुए दिखाई पड़ेंगे आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपको बिजनेस में काफी फायदा जो है करा सकता है मनोबल और कार्यक्षमता में आज आपके वृद्धि होगी दैनिक कार्य आपके सरलता से संपन्न होंगे करना क्या रहेगा कोशिश कीजिएगा धर्म स्थान पर आज आप सफाई करिए केसर का तिलक मस्तक जिब्बा और नाभी पर लगाइए और तब घर से निकलिए आपके सभी काम बनेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण दिशा कर्क राशि तो आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा आसपास काम करने वाले किसी व्यक्ति को आज आपके बारे में कोई गलतफहमी हो सकती है पैसों के मामले में आज कोई जवाबदेही आपकी बन सकती है किसी काम में आज यदि आप करने जाते हैं तो आपको मेहनत ज्यादा पड़ेगी दूसरों पर आज आप अपना विचार थोपने से बचिएगा कारोबार में पार्टनर की राय से आज फायदा हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज गाय को चने की दाल और गुड़ ये आप लोग जरूर खिलाइए इससे आपको धन लाभ होगा और आपकी सारी परेशानियां दूर होगी शुभ पलर आपके लिए रहेगा रहेगा सफेद कलर शुभ अंक आपके राशि रहेगा रहे रहे किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे मिलकर आज आपका मन भला प्रसन्न रहेगा बिजनेस में तमाम लाभ के योग बन रहे हैं आज काम के मामले में कोई बहुत बड़ी चुनौती भी आपके सामने आ सकती है नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन भागदौड़ भरा बीतेगा आज पारिवारिक परेशानी से निपटने में आपका जो है ज़्यादा समय लगेगा आज आपको जो है शरीर में थोड़ी सी सुस्ती और थकान महसूस हो सकती है उपाय के तौर पर आज किसी ब्राह्मण को या किसी धर्म स्थान पर यज्ञोपवीत का दान करिए और विष्णु सहस का पाठ सभी की कष्टों से आपको मुक्ति दिलाएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा कन्या राशि लेकिन दर्शकों देखिए इतनी मेहनत से ही राशिफल बनता है तो एक लाइक तो बनता ही है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कीजिए फेसबुक पेज पर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के आ जाए दीपावली से संबंधित सारे प्रयोग हमने अक्टूबर माह का जो राशिफल बनाया है प्लेलिस्ट में जा कर देख सकते उसमें बता दिए हैं आप लोग जा करके देख सकते हैं तो कन्या राशि के जातकों आज आपका दिन शानदार जानदार रहेगा आज आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा जिससे लोग काफी प्रभावित होंगे ऑफिस में आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा उच्चाधिकारी आज आपसे बड़े प्रसन्न रहेंगे ऑफिस में सहकर्मियों के साथ आज आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ये बढ़ेगी धन लाभ के तमाम आसार बन रहे हैं नए नए जो है धन संबंधी आप प्रयोग करेंगे विवाहित लोगों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा नए काम की योजना बनाएंगे किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगा जिससे मन आपका बड़ा प्रफुल्लित होगा हर्षित होगा उपाय के तौर पर आज चने की दाल का दान आपको धर्म स्थान पर करना रहेगा और आज ऑफिस निकलने से पहले खल्दी की गांठ अपने जेब में लेकर के आपको निकलना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम दिशा तुला राशि आज आपका दिन सामान्य रहेगा प्रियजनों के साथ किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो सकता है सबको साथ लेकर के आज आप लोग चलने की कोशिश करेंगे किसी दोस्त के साथ आज आप किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं आज साथ काम करने वाले किसी व्यक्ति के व्यवहार से आपको खेद होगा माता पिता के पैर छू कर के आशीर्वाद लीजिए जीवन साथी के साथ संबंध आज आपके बेहतर रहेंगे और आज के दिन कोशिश कीजिएगा सूर्यदेव को अर्घ्य और आदित्य स्रोत का पाठ भी आपको करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण अच्छा वही वृश्चिक राशि के जातकों आज आपका दिन काफी अच्छा रहेगा आज आप बड़ी से बड़ी समस्या का हल आसानी से निकाल लेंगे आज आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा कानूनी मसलों को हल करने के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है दांपत्य जीवन बेहतर रहेगा आज आपका मन प्रसन्न रहेगा आज आप सभी समस्याओं का हल निकालने में काफी सफल रहेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए और कोशिश कीजिए गाय के ऊपर गाय के पीठ पर हाथ प्यार से हाथ फेरिए यकीन मानिए जो आपकी किस्मत की रेखाएं हैं ना गाय की सेवा करने से बदल जाएगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा धनु राशि तो आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा आज धनु राशि के यदि आप स्टूडेंट हैं और कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आज आप सफल हो सकते हैं कोई रिजल्ट आ रहा है वो आपके फेवर में आएगा जो कोई चार्टेड अकाउंटेंट है उनके लिए आज का दिन बेहतर रहेगा शाम को आज किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से मिला मुलाकात हो सकती है और उनके द्वारा आज आप आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे दाम्पत्य जीवन में आज आपकी मधुरता बढ़ेगी किसी नए प्रेम संबंध की आज शुरुआत हो सकती है बच्चों के साथ आज कहीं बाहर आप जा सकते हैं घूम फिर सकते हैं कुछ बाहर जा के इंजॉय कर सकते हैं उपाय के तौर पर करना तो कोशिश कीजिएगा पीपल के वृक्ष पर आज आपको जल में गुड़ चने की दाल और एक चुटकी हल्दी डालना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से आप लोग पीपल के जल, जल पर अर्पण करिए दिन आपका भगवान विष्णु शुभ बनाएंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा दर्शकों फिर बता रहे हैं दिल्ली में 17, 18, 19 तारीख आगमन रहेगा इच्छुक दर्शक जो कोई भी दिल्ली से हैं तो आप लोग अपनी अपनी कुंडली का विश्लेषण मिलके करवा सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना आइकन दबाइए मकर राशि की ओर बढ़ते हैं तो आज पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा मनोरंजन में आज आपके अधिक पैसे खर्च हो सकते हैं शाम को बच्चों के साथ आज, आज आपका टाइम अच्छा स्पेंड होगा ऑफिस के किसी काम में जल्दबाजी करने से आज आपको बचना रहेगा अन्यथा कोई गलती हो सकती है आज स्थान परिवर्तन का योग भी कार्यक्षेत्र में बन रहा है से काम करना रहेगा तो रहे रहे शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम कुंभ राशि के जात पाठ काम काज में आपका पूरा मन लगेगा अगर किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे तो उसे समय से पहले ही पूरा कर लेंगे कुंभ राशि के हैं लबमिट के लिए रिश्तों में मिठास भरने का आज का दिन है आज पढ़ाई पर आप लोगों को विशेष फोकस करना रहेगा आज कई लोगों के लिए आप मददगार सिद्ध होंगे आज आपके तमाम काम पूरा होगा जिससे आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा आज अपने पार्टनर को कुछ मीठा गिफ्ट कर सकते हैं किसी कन्या को कोई चॉकलेट टॉफी कैंडी इत्यादि दे सकते हैं कुछ मीठा दे सकते हैं और गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करिए जीवन से सभी परेशानियां छू हो जाएगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा अंतिम राशि पर बढ़ते हैं मीन राशि तो मीन राशि के जात आज आपका दिन काफी बेहतरीन रहेगा लोग आपसे सहानुभूति रखेंगे कार्यक्षेत्र में आज आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है सामाजिक कार्यक्रमों का, का, पर, पर बाहर जा सकते हैं किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में भी आज आप जा सकते हैं पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो हल्दी जो है जल में डालकर तब आपको स्नान करना रहेगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए सब कुछ शुभ होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज लाल रंग और शुभ अंक आपके लिए रहेगा पांच शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर पूर्व दिशा ये करिए आपको अच्छे फल मिलेंगे तो दर्शकों ये तो था हमारा राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो सब्सक्राइब और बेलाइकन दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने राशिफल के नए एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार